जब चली तू घूम गए लड़्यो द गिड़ पचारा जिड़ी तार तार करेगी तो हाथों की मारा सब कर न राज नजारा सरक ग